दिवदशकों मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दिनांक एक मई के दैनिक राशिफल में हमारा दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है आप तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस घर में होता है वही आपकी राशि होती है और हमारा राशिफल भी उसी पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रा गोचरे जन्म राशि प्रधानत्त नाम राशि न ना चिंता है तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि राशिफल में जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों आज का पंचांग एक मई का क्या कहता है और पंचांग जो है ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो पंचांग चूंकि पांच अंगों से मिल करके बना होता है वार नक्षत्र योग योगकरण तो पहले हम सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं तो आज प्रातः काल जो सूर्योदय होगा जो है पाँच बजकर तैंतालीस मिनट पर होगा और जो सूर्यास्त का समय रहेगा ये अट्ठारह बजकर छप्पन मिनट पर रहेगा दर्शकों बुधवार दिन रहेगा और तिथि जो रहेगी द्वादशी तिथि रहेगी नक्षत्र रहेगा पूर्वा भादृपद जो करण रहेगा ये कौलो है और कौर कौलव के उपरांत तैतिल करण रहेगा कृष्ण पक्ष चल रहा है योग वैद्य है है वार है जो है बुधवार विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख चल रहा है दर्शकों बुधवार दिन है तो बुधवार को जो है उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए दिशाशूल होता है इस दिशा में यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप तिल से बनी हुई कोई वस्तु का सेवन करके निकलिएगा पिस्ता आप खा सकते हैं आप धनिया खा सकते हैं आप इलायची का सेवन करके तब निकल सकते हैं दर्शकों चलते हैं राहुकाल की ओर आज का राहुकाल कब है तो आज बारह मिनट से तेरह मिनट तक की जो है राहुकाल रहेगा और यदि आपको देखिए शुभ कार्यों को करना होगा तो शुभ कार्यों को साढ़े ग्यारह से और बारह बजे के बीच में आप लोग कर लीजिएगा चूँकि ये विजय मुहूर्त रहेगा तो इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं चलते हैं दर्शकों अब हम जो है राशि फल पर मेष से लेकर के मीन राशि के लिए जो है क्या कहते हैं आज के सितारे तो आगे बढ़ें दर्शकों उससे पहले आप सभी लोगों को एक सूचना ये देना चाहते हैं कि जो भी दर्शक गुजरात से हैं खास करके अहमदाबाद से हैं और सूरज से हैं तो ये लोग हमसे जो है पर्सनली मिल कर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जन्म कुंडली विश्लेषण की जो शुल्क है वो आपको फ़ोन पर बता दी जाएगी एक बात दर्शकों उसमें बताना भूल गए थे देखिए चूँकि तो द्वादशी तिथि रहेगी तो द्वादशी तिथि में बैगन नहीं वो मसूर नहीं खाना चाहिए माफ़ करिएगा द्वादशी को जो है बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और जो त्रयोदशी तिथि है तो त्रयोदशी तिथि में बैंगन नहीं खाना चाहिए इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा और एकादशी को हमने बताया ही था कि चावल नहीं खाना चाहिए तो मेरे राशि के ओर चलते कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए तो मेष राशि के जातकों आज आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे कोई फ्रेंडिप सर्किल में आपके नए मित्र जुड़ते हुए नजर आएंगे आज आपके घर में जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखेगा उनसे आपको सहयोग होगा आकस्मिक धन व मानसिक प्रसन्नता आज मेष राशि के जातकों की बढ़ती हुई दिख रही है आपको आज कोई नई नौकरी का ऑफर लेटर भी आ सकता है तो इसके लिए भी आज आप लोग तैयार रहिएगा व्यापारी जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए धन से जो है जुड़ी हुई बहुत अच्छी आज, जो है खुशखबरी मिलने वाली है शाम तक की आपको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा इलायची का सेवन करके जाइएगा और ओम गंगा गणपत न महामंत्र की एक माला का जाप करके तब घर से निकलिएगा आपके लिए आज का जो शुभ कलर रहेगा ये क्रीम कलर रहेगा और शुभ अंक सात रहेगा वृषभ राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो नौकरी में पदोन्नति के समाचार मिलेंगे तो पता अधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज सरकारी निर्णय आपके पक्ष में साबित होते हुए नजर आएंगे कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि कोई मामला चल रहा है आपका अदालत में तो उसके आपके पक्ष में ही फैसला आता हुआ दिख रहा है अधूरे कार्यों को ऋषभ राशि के जातक आज पूर्ण करते हुए नजर आएंगे धन और मान सम्मान की प्राप्ति होगी व्यापारी वर्ग जो है इनको बकाया राशि वसूल करने के लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल रहने वाला है स्टूडेंट्स को आज सफलता का दिन है तो आप लोग जो है अपने हिसाब से प्लानिंग करके आगे बढ़िए वृषभ राशि के जातकों को आज उपाय क्या करना रहेगा उपाय के तौर पर करना ये रहेगा कि आज गणेश जी को आपको दूरवा चढ़ानी रहेगी और गणपति अथर्वशीट की एक पाठ करके तब आप लोग घर से निकलिएगा आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये व्हाइट रहेगा शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा आज कुछ आपका स्वास्थ्य खराब होता हुआ नजर आएगा जिसके कारण कोई भी कार्य करने का उत्साह बड़ा मंद रहेगा नौकरी धंधे के साथ आज कर्मचारियों का और उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार जो है सहयोग सहयोगपूर्ण न होने से मानसिक हताशा आज आपको पैदा होती हुई नजर आएगी आज आपका जो है अपने और स्काई ब्लू कलर आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो नौ नंबर आज आपके लिए लकी नंबर रहेगा कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज के दिन आप नकारात्मक व्यवहार हावी रहेगा ग्रोथ आज आप में अधिक आएगा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शिकायत हो है। आज आपको वाड़ी पर संयम रखने के सलाह दे रहे हैं। कुटुंबी जनों के साथ और झगड़े होने की प्रबल संभावना है। आर्थिक तंगी कुछ रहती हुई नजर आए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को शिवलिंग पर जल में इलायची डाल करके तब आप लोग अभिषेक करिएगा और ओम नमः शिवाय की मंत्र की एक माला का आप लोग छाप करिए आपके लिए जो तो शुभ कलर रहेगा ये व्हाइट रहेगा शुभ अंग रहेगा एक सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहता है सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज के दिन सिंह राशि के जातक कई घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं सांसारिक मामलों के विषय में आज आपका व्यवहार उदासीन रहेगा जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने की प्रबल संभावना रहेगी व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज कम सफलता मिलने के योग हैं और आज जीवन साथी के साथ कुछ आपके बाद विवाद भी उभर कर सामने आ सकते हैं तो आप लोगों को आज करना क्या रहेगा सिंह राशि के सिंह राशि के जो जातक रहेंगे इनको आज यदि Uh, कोई स्त्री वर्ग मिलती हैं तो इनको आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा और किन्नरों को भी यदि आज किन्नर मिल जाते हैं तो इनको भी आज आप लोग कुछ यदि मीठा खिला देते हैं तो फिर कहने ही क्या शुभ कलर आपके लिए आज रहेगा जो है स्काई ब्लू शुभ अंक रहेगा आपके लिए पाँच कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं चूंकि बुद्धदेव की राशि है कन्या राशि बुधवार दिन भी है तो कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो परिवार में आनंद एवं मंगलमय वातावरण रहेगा आज आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा यदि अभी तक आप बीमार चले आ रहे हैं तो आज उससे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी तबीयत में सुधार होने के योग बन रहे कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी यश मिलेगा ऑफिस में सहकर्मीगढ़ आपकी जो है सहायता करेंगे व्यापार धंधे में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से कुछ नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखा आज आपको उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि भैरव मंदिर में आज आप लोग जाइए और दूध का दान करिए आपके लिए आज जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्लू कलर नीला रंग और शुभ अंक जो रहेगा ये आठ अंक शुभ रहेगा तुला राशि की तो ओर चलते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज बुधवार का दिन तो तुला राशि के जातकों आज आप अपनी कल्पनाशीलता में खोए रहेंगे आज हाथ में आए हुए कई मौके आप जो है गवाते हुए नजर आएंगे बौद्धिक प्रवृत्तियां या चर्चा में भाग लेना आज आपको पसंद आएगा आज आपको स्त्री मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा अत्यधिक विचारों से मन बड़ा विचलित होता हुआ नजर आएगा सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के काम आप दोपहर बाद निपटाते हुए नजर आएंगे व्यापारी वर्ग को आज कुछ धन हानि होती हुई पर दिख रही है पैसा किसी को आपको सोच समझ कर देना रहेगा उधार के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा तो छोटी कन्या व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो वृश्चिक राशि की ओर चलते कैसा रहेगा दिन तो वृश्चिक राशि के जात को आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल होता हुआ दिख रहा है मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ नहीं रहेंगे माता के स्वास्थ्य के संबंध में आपको चिंता रहेगी पारिवारिक संबंध सदस्यों के साथ कुछ आपकी अनबन होती हुई दिख रही है स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदि के दस्तावेज आज जो है आपको रखने में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं किसी भी दस्तावेज पर साइन सिग्नेचर करने से पहले एक बार आप लोग जो है बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही साइन करिएगा स्टूडेंट्स के लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो वृश्चिक राश के जात आज आपको देवी भागवत पुराण के एकादश अध्याय का पाठ करना रहेगा और यदि हो सके तो गाय को आज आप लोग हरा चारा जरूर खिलाएंगे आपके लिए शुभ कलर की बात करते हैं तो रेड रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो एक नंबर आपका शुभ अंक रहेगा कैप्टी कौन की ओर चलते हैं मकर राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो मकर राशि के जातक को आज यदि आप मौन रख लें तो आपके कई काम स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे बहुत ज़्यादा बोलने में आज आपकी एनर्जी भी जाएगी और आपके पास आए हुए मौके हाथ से निकल जाएंगे पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव जो है ना हो इसके लिए आपको शांत रहने की सलाह दे रहे हैं आज ऑफिस में कुछ बात विवाद होता हुआ दिख रहा है वहीं आपके दाहिने नेत्र में कोई पीड़ा की संभावना यहाँ पर सितारे व्यक्त कर रहे हैं संतान पक्ष से कोई जो है आपको दुखद समाचार प्राप्त होती हुई नजर आएगी और आज आप अपने माते के, माता का स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं वहां सावधानी पूर्वक चलाइएगा मन में आ रहे नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्राणायाम चार से पाँच बार पूरे दिन आप लोग जरूर करिए और आपको करना क्या रहेगा तो गाय को यदि आप हरा चारा खिला रहे हैं तो उसमें आप लोग सीधा नमक डाल करके तब हरा चारा गाय को खिलाइए ओम गंग गणपत नमा मंत्र की एक माला का जाप करिए दिन सर्वथा शुभ जाएगा शुभ कलर की आपके बात करते हैं तो आज आपके लिए ब्राउन कलर शुभ रहेगा शुभ अंग की बात करते हैं तो दो बार आपका शुभ अंक रहेगा कुंभ राशि क्वाइट की ओर चलते हैं कैसा रहेगा है आज का दिन तो शारीरिक मानसिक और आर्थिक आज प्रत्येक दृष्टि से आप आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा परिवारजनों के साथ जो है आज, आज आपका संबंध अच्छा बीतेगा उत्तम भोजन का आनंद लेंगे आज आपकी चिंतन शक्ति और आध्यात्मिकता शक्ति भी अच्छी रहेगी उपहार और धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी व्यापारी वर्गों को आज बहुत अच्छी राहत होगी खास करके जो लोग मेडिकल से रिलेटेड कोई अपना काम कर रहे हैं या कोई लोहे से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं या केमिकल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो रहा है तो इसमें आपको धन प्राप्ति होती हुई नजर आएगी आज जीवन साथी के साथ घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं कोई नया है, आपका आपके पास यदि अविवाहित है तो प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश करके करना यह रहेगा कि शिव जी पर आज आपको दूध से अभिषेक करना रहेगा और गणेश जी के मंत्र के गायत्री मंत्र की खास करके गणेश जी का जो गायत्री मंत्र है उसकी एक माला का आप लोग जाप जरूर कर लीजिए शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आज आपके लिए नीला रंग शुभ रहेगा शुभ अंक पर आ जाते हैं तो आठ अंक आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि की ओर उससे पहले आप लोगों का एक बार फिर बता दें कि आप लोग यदि अभी तक देखिए इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अन्याय होगा तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए नापसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिए और हमारा चैनल जो है इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन जरूर दबाइए चलते चलते अंतिम राशि मीन राशि पर आ जाते हैं तो थोड़े समय में आज लाभ लेने की जो है आपको जो है लालच जो है इससे कई चीज़ें आप जाती हुई देख रहे हैं पूजी निवेश में ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपके मन की एक आगमिकता में कुछ कमी रहेगी शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा महत्वपूर्ण दस्तावेजों या कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं पैसों के लेनदेन के लिए आज अनुकूल समय नहीं है शेयर मार्केट वगैरह से आज, आज आपको बचके रहना है परिवार में किसी के साथ बात विवाद होता हुआ नजर आएगा तो मीन के जात आज उपाय क्या करना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए और दुर्गा जी के बत्तीस नामों का जो है एक पाठ जरूर आप लोग कर लीजिए शुभ कलर की आपके बात करते हैं आज आज आपके आपके लिए लिए जो शुभ शुभ शुभ कलर रहेगा रहेगा, रहेगा, ये ये पिंक अंक अंक की बात करते हैं, तो आज आपके लिए अंक सर्वधा तो ये तो था हमारा मेष से मीन लेकर मीन लेकर राशि तक के जातकों का हाल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हाँ 18 से 23 मई गुजरात में जो है मिलना आप लोग ना भूलिए दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार